नमस्कार स्वागत अभिनंदन किन राशि के जातकों के जीवन में क्रांति लेकर के आएगी ये मकर संक्रांति इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है इन विषयों पर चर्चा करेंगे आप किन चीजों का दान दे सकते हैं किन जो है मंत्रों के जो है जाप से आपका स्नान पूर्ण हो तथा जो मोक्ष की कामना होती है जो ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके आप ईश्वरीय सत्ता के निकट आ सकते हैं तो दर्शकों पहली बात तो आप लोगों को बताना चाहेंगे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बना बेल आइकन दबा लीजिए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं यूँ तो मकर संक्रांति जो है हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है संक्रांति का दर्शकों सीधा सा अर्थ होता है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना चूँकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसी कारण सूर्यदेव जब जब जिस जिस राशि में प्रवेश करते हैं वो संक्रांति होती है मकर के बाद जो है कुंभ में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति होगी इसलिए जो है इसको मकर संक्रांति कहा जाता है मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता तथा उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में माना जाता है मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कई प्रचलित पौराणिक कथाएं भी हैं ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भानु अपने पुत्र देव से मिलने उनके लोक जाते हैं उनके घर जाते हैं शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है इस दिन जब तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है ऐसी धारणा है कि इस दिन किया गया दान सौ गुना बढ़कर करके पुनः प्राप्त होता है दर्शकों मकर संक्रांति के दिन यदि घी कम्बल और तिल का यदि आप लोग दान करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि माघे मासे महादेवा यो दास्यति घृत कम्बलम सा भुगतवा सकलान भोगान अनंत मोक्ष प्राप्ति मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ के पीछे माँ गंगा मुनि कपिल के आश्रम से होकर के सागर से मिली थी अन्य मतानुसार माँ गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ ने अपने पूर्वजों का इसी दिन तर्पण किया था। दर्शकों एक दिन जो है इसकी एक मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है कि पितामह भीष्म ने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था यह विश्वास किया जाता है कि इस अवधि में यदि कोई देह त्याग करता है तो उसका जन्म और मरण से जो है पूर्णता मुक्ति मिल जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है साउथ की बात करें दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के नाम से जानते हैं हुए उत्तर भारत में इसे लोहड़ी खिचड़ी या उत्तरायण माघी पतंगोत्सव आदि के नाम से जाना जाता है मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है दर्शकों अब आप लोग नोट कर लीजिए मकर संक्रांति की जो तिथि है मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त रहेगा पंद्रह जनवरी को यह सुबह सात से जो है प्रारंभ हो जाएगा और इसका जो पूर्ण रहेगा सात बजकर उन्नीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के सत्रह मिनट तक की रहेगा महापुर्ण काल की बात करें तो सात बजकर उन्नीस मिनट से सुबह नौ बजकर तीन मिनट तक की रहेगा और ये एक चीज और हम आप लोगों को दर्शकों बता दें महापुर्ण काल में शाही स्नान भी होता है तो आप लोग भी जाइए स्नान करिए स्नान करने का जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए गंगे चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिम करू कुरुम तो ये मंत्र है स्नान करने का आप लोग इस मंत्र से स्नान करेंगे तो आपकी जो है तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी दर्शकों एक बात और बता दें आप लोगों को अपने राशि के अनुसार दान भी करना होगा हिंदू धर्म शास्त्रों में मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है हमने आपको बता दिया कि इस दिन जब तब दान का जो है सौ गुना पूर्ण सौ गुणा जो है आपको फल प्राप्त होता है आपके पापों का नाश होता है पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है परिवार में सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है तो मेष राशि के जो हमारे जातक हैं क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है मंगल तो मेष राशि वाले इस मकर संक्रांति के दिन आप काल जल में पीले पुष्प हल्दी मिला करके भगवान भास्कर को अर्घ दे दीजिएगा स्नान करने के पश्चात साथ ही साथ दे देखिए जो है आप लोगों को मच्छरदानी का तांबे की बनी हुई वस्तुओं का मूंगफली का तिल का गुड़ का दान आपको देना रहेगा यदि मेष राशि के जातक इस दिन जो है गाय को गुड़ खिला देते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी ये जो मकर संक्रांति रहेगी आपको उच्च पद की प्राप्ति कराएगी कार्यों में आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाएगी और संतान प्राप्ति के भी योग दिलाएगी वृषभ राशि के जातकों तो वृषभ राशि का स्वामी ग्रह होता है शुक्र वृषभ राशि वाले मकर संक्रांति के दिन जल में सफेद चंदन गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा गंगा जल स्वेद पुष्प और सफ़ेद तिल डालकर के भगवान भास्कर को अर्घ दें साथ ही साथ सफेद गर्म कपड़े सफेद तिल खिचड़ी और चांदी का आपको दान करना रहेगा इसके साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा पके हुए मीठे चावल जो होते हैं ये यदि आप गाय माता को खिलाते हैं गौ माता को खिलाते हैं तो निश्चित ही श्री की प्राप्ति होगी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ये मकर संक्रांति आपको कोई महत्वपूर्ण योजनाओं में सफल कर सकती है आपको कोई महत्वपूर्ण पद दिला सकती है आपके मनपसंद स्थान पर आपका स्थानांतरण करा सकती है आपके कार्यो में जो अस्थिरता आई थी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है वही मिथुन राशि के जातकों इस मकर संक्रांति में आपके साथ क्या कुछ शुभ होगा तो देखिए आपके राशि का स्वामी है बुद्ध तो मिथुन राशि वाले मकर संक्रांति के मूंग की दाल की खिचड़ी का आप लोगों को दान करना रहेगा वही आपको गाय को हरा चारा खिलाना रहेगा जिससे आपको धन लाभ के तमाम योग बनेंगे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी कर्क राशि के जातकों ये मकर संक्रांति आपके लिए कैसी रहेगी तो मकर संक्रांति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है ये है चंद्रमा कर्क राशि के जातक जल में दूध चावल तिल मिला करके देव को अर्घ देना है इसके साथ साथ जो है आपको आदित्य हृदय स्रोत का एक बार पाठ करना रहेगा वहीं साबुदाना सफेद ऊन चांदी चावल और मिश्री और सफेद तिलों का आपको दान देना रहेगा इस दिन गाय को चावल में दूध और चीनी मिला करके अवश्य खिलाइएगा। आपके जीवन में जो कलह चला आ रहा था जो संघर्ष चला रहा था जो व्यवधान थे तो वो उस पर विराम लगता हुआ दिखाई पड़ आपके घर में प्रेम सुख शांति बढ़ेगी तथा इस मकर संक्रांति में आपको किसी नए प्रेम की प्राप्ति भी होगी वहीं सिंह राशि के जातकों आपके राशि के जो स्वामी ग्रह सूर्य तो आपके राशि के गंगा जल डाल करके, भगवान भास्कर को अर्घ्य देना रहेगा साथ ही साथ कंबल हो गया अन्न हो गया सोने का कोई सामान हो गया तांबे का कोई सामान हो गया मच्छरदानी हो गया तिल हो गया गुड़ हो गया गेहूं हो गया गोल्ड हमने आपको बता ही दिया तो इसका आपको दान देना ठीक रहेगा इस दिन कोशिश कीजिएगा गाय को भीगी चने की दाल एवं गुड़ यदि आप खिलाते हैं तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी को प्राप्त होगा किसी नए पद प्रभुता अधिकार को जो है मिलता हुआ ये मकर संक्रांति लेकर के आया साथ ही साथ आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे कन्या राशि की ओर चलते हैं फटाफट दर्शकों देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आप लोग जरूर दबाइए कन्या राशि के जातकों आपकी राशि के स्वामी है बुद्ध तो आपको करना क्या रहेगा मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल में तिल दुर्वा पुष्प डाल करके और एक सिक्का डाल दीजिएगा और भगवान भास्कर को आपको अर्घ्य देना रहेगा तिल कम्बल तेल उड़द खड़े मूँग मूँग की दाल की खिचड़ी का आपको दान देना रहेगा गाय को हरा चारा एवं भीगी हुई हरी मूँग और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल करके अवश्य खिलाइएगा इससे शुभता में वृद्धि होगी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी ये मकर संक्रांति जो रहेगी आपको बहुत जल्दी से अचानक से धन लाभ कराएगी वही तुला राशि के जातकों देखिए फटाफट बहुत ज़्यादा हम आप लोगों का समय नहीं ले रहे हैं इस वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए इस वीडियो को आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पेज पर इसको जरूर शेयर कीजिए राशि राशि के के जातकों आपके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र। देखिए दर्शकों आपको करना क्या रहेगा मकर के दिन तो प्रातः काल आपको जल में कच्चा दूध डालना रहेगा मिश्री डालना रहेगा सफेद चंदन चावल तिल मिलाकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिएगा साथ ही साथ चीनी का रुई का तिल का तेल का वस्त्र का राई का मच्छरदानी का सप्त धान के साथ गुड़ जी हाँ इसका और चावल का दान आपको करना रहेगा इस दिन गाय को पके हुए चावल आप अवश्य खिलाइए साथ ही साथ छेने से बनी हुई कोई मिठाई अवश्य खिलाइए इससे होगा क्या कि आपके व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी जो आपके शत्रु थे ये आपके अनुकूल होंगे आपके आगे नतमस्तक होंगे आए के नए नए स्रोत नए नए मार्ग आपके खुलेंगे वृश्चिक राशि के जातक को ये मकर संक्रांति क्या क्रांति लेकर के आई है तो वृश्चिक राशि का चूंकि स्वामी ग्रह होता है मंगल तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं जल में इनको लाल रोली लेना रहेगा लाल पुष्प लेना रहेगा तिल लेना रहेगा थोड़ा सा मशूर की दाल लेनी रहेगी इसको मिक्स करके आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा साथ ही साथ भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके आप लोगों को गायत्री मंत्र का इक्कीस बार पाठ करना रहेगा आप लोगों को जो दान देने जो है योग्य वस्तुएं हैं ये हैं खिचड़ी तिल लाल कंबल लाल वस्त्र गुड़ का दान करिएगा इस दिन गाय को गुड़ यदि आप खिलाते हैं तो निश्चित धन लाभ होगा विदेशी कार्यों से ये मकर संक्रांति आपको लाभ दिलाएगी विदेश यात्राओं यात्राओं का योग है आपके कार्यों में श्रेष्ठ लाभ और यश की प्राप्ति होगी वही धनु राशि के जातकों चूंकि आपके राशि के स्वामी है देव गुरु बृहस्पति तो आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन जल में गंगा जल हल्दी केसर पीले पुष्प -पु तथा गुड़ मिलाकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य देना रहेगा धनुराशि वाले आप मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ चने की दाल आ, अगर हो सके सामर्थ हो तो गोल्ड का दान भी आप लोग कर सकते हैं और इस मकर संक्रांति को आप आप लोग गाय को को चने की दाल कम से कम से लोगों को जो है एक दर्जन केला अवश्य गाय को खिलाना रहेगा इससे आपको जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त होगी ऐश्वर्यता प्राप्त होगी और चारों ओर आपकी विजय होगी आपका डंका बजेगा ये मकर संक्रांति निश्चित आपके जीवन में क्रांति लेकर के आएगी वही मकर राशि के जात आपके राशि का जो स्वामी होता है शनि तो आप ही के राशि में ये संक्रांति हो रही है तो मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ के जल में गंगा जल नीले पुष्प काले तिल चीनी और थोड़ा सा तिल डाल के जो है आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा का, काला तिल डालिएगा और दान करने योग्य जो वस्तुएं हैं तो आप लोग सरसों का दान कर सकते हैं सरसों के तेल का दान कर सकते हैं काले तिल का दान कर सकते हैं नीला कंबल हो गया उलद की खिचड़ी का दान हो गया और बुक्स का दान जो है दान आप कर सकते हैं गरीब और अपंगों को आप लोग भोजन का दान दें वो आपके लिए सर्वथा उचित रहेगा इस मकर संक्रांति में आपको अधिकार की प्राप्ति होगी मकर संक्रांति के दिन गाय को आप लोगों को तिल से बने हुए लड्डू खिलाना रहेगा साथ ही साथ खिचड़ी या भीगी उड़द की दाल आपको अवश्य खिलानी होगी इससे आपके शत्रु परेशान होंगे मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी कुंभ राशि के जातकों आपके भी राशि के स्वामी है शनिदेव कुंभ राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिएगा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध नीले पुष्प काले उड़द काले तिल चीनी दो गुण सरसों का तेल और थोड़ा सा शहद मधुर इसको बोलते हैं इसको मिला करके भगवान भास्कर को अर्घ्य दिव्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए दान देने योग्य जो वस्तुएं हैं ये घी है तेल काले तिल उड़द की खिचड़ी तेल साबुन नीले वस्त्र कंघी का दान आप लोग कर सकते हैं ये मकर संक्रांति आपके शत्रु परास्त होंगे आपको उपहार स्वरूप कोई भेंट मिलेगी मकर संक्रांति के दिन गाली गाय को यदि आपने उड़द की खिचड़ी भीगी उड़द की दाल खिला दिया तो निश्चित ही आपको जो है विजय मिलेगी कोई कोर्ट केस वगैरह यदि चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आपके साहस में वृद्धि होगी आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है अंतिम राशि पर बढ़ते हैं लेकिन फटाफट आप लोग लाइक कीजिए आप लोग कमेंट कीजिए जय श्री राम का कमेंट आप लोग जरूर कीजिए दर्शकों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल पेज से लेकर के मीन राशि का हमने अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं तो मीन राशि के जातको चूंकि ये अंतिम राशि है तो आप लोगों को करना क्या रहेगा आपके राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति तो मीन राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल उठते हुए सूर्य को जल में हल्दी डालना रहेगा कुमकुम -कुम डालना रहेगा केसर डालना रहेगा पीले पुष्प डालना रहेगा और आप लोगों को चने की दाल डाल करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देना रहेगा दान देने योग्य जो वस्तुएं हैं मकर संक्रांति के दिन तो इस दिन आप जो है पीली सरसों का दान कर सकते हैं चने की दाल का दान कर सकते हैं केसर का दान कर सकते हैं गुड़ का दान कर सकते हैं साबूदाने का दान कर सकते हैं कंबल हो गया मच्छरदानी हो गया यदि संभव होगा तो गोल्ड का भी दान आप लोग कर दीजिएगा मीन राशि के जा आप लोग मकर संक्रांति के दिन गाय को कोशिश कीजिएगा गुड़ और चने की दाल खिलाइएगा कोई रोटी ले लीजिएगा जो है आप एक दर्जन रोटी ले लीजिए उसमें थोड़ा सा गी लगा दीजिएगा और एक दर्जन रोटी ले जाकर मिलेगा कोई नया पद कोई नया जो है प्रभुता कोई नए अधिकार की आप लोगों को प्राप्ति होगी तो दर्शकों तो था मकर संक्रांति स्पेशल कम समय में कोशिश किए हैं कि हमने आपको बहुत कुछ बताने की तो दर्शकों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो सब्सक्राइब और बगल में बना आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार